राज्य में भी नहीं मिला अरे कहना क्या चाहते हो मतलब पूरा देश छान मार लिया लेकिन नहीं मिला। राजा का, का सैनिक सबका टाइम बर्बाद हुआ। जैसे आपको अभी मेरा सुनने में टाइम बर्बाद हो रहा है अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौटना यहाँ नहीं रुक तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का भुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ अगर समझ गए तो दोस्तों को भी शेयर करो और समझ गए तो कमेंट भी करो ठीक है भैया भैया रानी का नाम क्या था ओ, रानी का नाम था अप्रैल